एक आदमी कहीं से गुजर रहा था तभी उसने सड़क के किनारे बधे हुए हाथी को देखा और अचानक रुक गया उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में रस्सी बधी हुई है उसे इस बात का अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशाल का जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बधा हुआ है यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहता तो अपने जंजीर को तोड़कर भाग सकता था लेकिन वैसा नहीं कर रहा था तो उसके पास महावत खड़ा हुआ था महावत से पूछा कि किस प्रकार हाथी इतने शांत से खड़ा हुआ है और भागने का प्रयास भी नहीं करता है तब महावत ने कहा इस हाथी को छोटे से ही रस्सी से बाधा जाता है और उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इस बंधन को तोड़ सकें बार बार प्रयास करने के बाद भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यह यकीन हो जाता है कि वो इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते और बड़े होने के बाद उनका यह यकीन बना रहता है इसलिए वो कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करते आदमी बड़ा आश्रम में पड़ा ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ पाता क्योंकि वह इस बात को यकीन करता है इन हाथियों की तरह हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली हुई असफलता के कारण यह मान बैठते हैं कि हम यह काम नहीं कर सकते अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं याद रखिए असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में जकड़े हुए हैं और अपने बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको सफलता नहीं मिल सकती आपको सफलता के लिए इस बंधन को तोड़ना होगा क्योंकि आप हाथी नहीं बल्कि एक इंसान है जय हिंद जय माभ